एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है उसके हाथ गुथे हुए हैं मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा आजकल बड़े फैशन में है खूब बिकेगी पत्नी ने बोला अरे पागल चिलम बना रहे हो सुराही क्यों नहीं बनाते गर्मियां आने वाली है सुराही भी खूब बिकेगी कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है कुमार ने मिट्टी छोड़ दी दोबारा दूधना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया किस चीज का सुराही का अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई ये क्या करता है पहले तो कुछ और रूप दे रहा था अब कुछ और रूप दे रहा है कुमार का जवाब सुनिए साथ लेके जाइएगा कुमार कहता है मेरा विचार बदल मिट्टी का जवाब सुनो मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला मेरी तो जिंदगी ही बदल गई तेरा विचार बदला मेरी जिंदगी बदल गई अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती खुद भी जलती दुनिया को भी जलाती अब सुराही बनी हो तो जल भरा जाएगा खुद भी शीतल रहूंगी दुनिया को भी ठंडा रखूंगी